सो सौ आज हम लोग आ चुके हैं सेंटिनो को लेके फैक्ट्री के ऊपर तो गाय पर मैं सेंटिनो को लगाकर नीचे जाता हूँ गन लेके आता हूँ फिर बंदा वो खत्म करते हैं आज हम स्क्वाड गाय स्क्टर मतलब गन छोड़िए मेरी है तो क्या काम अब यहाँ पर हम स्क्वाड खत्म करेंगे नई नई नई नई नई